हा नवाजीपुर आ रही है टीम का जोजुअल तैयार हो चुका टीम के नाम जो कर दी पहला का टीम जी साल नवी होंग है चमकौर साहब के मुकाबला जरा खेलेगी तीजे मैच दिन टीम पुतकार तीजा मुकाबला जिला खेड चौथा मुकाबला अशोक हॉल है जी वाले पुजया स्वागत है जी आख्या जा रहा जिन्हिया भी मांत रही फिर तो एक बार कबड्डी क्लब रोड़ के रखी मैं मेनू हर वाले बेनती मैं करांगा भी से की बाकी सरकारीदारीतना साहब जर कब्डी खेल प्रमोटर है के के हर साल बलवंतर जसपाल सिंह बाहर कबड्डी के बड़े प्रमोटर है तिनाद बलताशा साहब कुलदीप सिंह फा गलतेव सिंह का पुत्र भी बेटी कबड्डी का खिडारी है महान कबड्डी खिलाड़ी कोच परमजीतवा बिट्टू को चवाजीपुर बिंदर मंत्री उन्हों का धनवाद डोरा सा परमजीत जी एक बिंदर जी प्रताप सिंह ढिलों वाजीपुर जे उपाले इस वी कबड्डी कपू करवा जा रहा है इसे हटे आप एक के एक दो प्लेयर नाम जमान करने है बड़ा लगेगा नवाजीपुरी का दक्षा का पूरा जन कर